चलिए सबसे पहले हम सेटअप पी पर क्लिक करते हैं इसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पी डॉट जी डॉट इन पर क्लिक करते हैं इसके बाद क्लिक करने के बाद हमारे पास रजिस्टर साइन साइनिंग का हमारे दाहिने तरफ सो so, हो रहा है इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम सी एस सी कनेक्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारा पी एम जे ए वाई कंसोलैंड डाटा डेटेड डाटा पर क्लिक करते हैं इसके बाद बेनिफिशरी सर्च बाय विलेज टाउन इसके बाद बेनिफिशरी सर्च बाय हेल्थ एच एच आई डी आधार इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास खुल के आ जाते हैं देखिए यहाँ नया फीचर आ गया है मेरा पास यहाँ जैसे मेरा नया फोटो लग गया है अब मेरा सी एस सी आई है इसके बाद हम हमारा स्टेट चेंज करेंगे जैसे हमारा स्टेट है झारखंड हम अपना स्टेट ले लिए इसके बाद हम फैमिली आईडी से काम करते हैं तो हम फैमिली आईडी का एक आधा एक राशन कार्ड नंबर हम डालते हैं जैसे कि हम डाल रहे हैं दो दो बीस उनचास सोलह दो चौदह दो सौ इकचालीस है दो सौ इकचालीस इस पर हम क्लिक कर देते हैं इसके बाद हमारे पास उनका एक खुल के आ गया अब यहाँ हम उसका लेते हैं और हम यहाँ जनरेट करते हैं तो उसका आधार नंबर दिखता है मोबाइल नंबर डालना है और एक ग्रीन आई आइग्री विथ आधार शेयरिंग टैम ट्रेम्स टर्म्स एंड द कंडीशन पर क्लिक करना है इसके बाद नेक्स्ट करना है इसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स करना है चले जाना है इसके बाद उसका पूरा चार कंप्लीट होने के बाद उसका कार्ड कंप्लीट होता है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों जो कि इसमें बहुत सारे आधार नंबर गलत रहते हैं उसका नाम गलत होता है उसका आधार में नाम गलत होता है जिसके कारण से आधार कार्ड और राशन कार्ड में दोनों में नंब नाम में डिफरेंस होने के कारण से ये कार्ड नहीं बन सकता है इसीलिए ध्यान रखिएगा जो कि राशन कार्ड में जो आधार से लिखा हुआ नाम है वही राशन कार्ड में भी नाम होना चाहिए तब सक्सेस इसमें आपका होगा और नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो आज